सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चैनलू हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में आज के वीडियो में मैं आपको एक चीज की अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा जो आपके ट्रेवल में बहुत ज्यादा कायम आएगी अगर आप है ऑफिशियल वर्कर स्टूडेंट और एन बैचलर स्टूडेंट और कॉलेज तो आपके लिए है ये बहुत अच्छा चीज जी हाँ आपको इसका अंदाजा लग सकता है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से तो चलते इसके स्टार्ट करते हैं वीडियो के स्टार्ट में से पहले मैं बता दूं जो चीज़ है वो ये है जी हाँ आप देख सकते हैं ये है प्रोटेबल टेबल, टेबल लैम्प जी हाँ ये डेस्कटॉप टेबल लैम्प विद एन यूएसबी चार्जर इसे आप ले जा सकते हैं कई पे आप इसके साइज़ देख के कह सकते हैं इसके अंदर कितना छोटा एल ई है मगर ये बहुत ज़्यादा काम का है मैं आपको कह रहा हूँ उसके लिए करना पड़ेगा इसको जानने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिया तो करें इस वीडियो को शेयर ताकि दोस्तों तक पहुंचे ये वीडियो जल्दी से जल्दी तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो नमस्कार जैसे मैंने बताया कि मैं आज आपको बताऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग करके तो पहले देख लेते इसके बाहर के लुक के बारे में आप देख सकते बहुत ही अच्छा लुक है मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप देख सकते हैं इस लाइट की मैंने जो वाइट लिया है इसका वाइट कलर इसमें देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है फैशी इन विंड्स डेस्क लाइट्स नीचे लिखा हुआ है एलईडी मतलब ये एल लाइट है फिर आप देख सकते हैं इधर है इधर इसकी जो बेंडिंग क्वालिटी वो मैंने जो कहा है यहाँ पे इसकी फ्लेक्सीबल क्वालिटी है वो दिखाई जा रही है और यहाँ पर इसकी कुछ फ़ीचर्स है वो दिखाई जा रहा है आप देख सकते फैशन इन विंड डेस्क लाइट यू फिर लिखा हुआ है साइकिल चार्जिंग लाइट टचर सेंसर स्विच विथ थ्री लेवल एडजस्टबल ब्राइटनेस और लिखा हुआ है फ्री ट्विस्टेड ट्यूब जी हाँ ये फ्लेक्सिबल इसलिए बोला जा रहा है फ्री ट्विस्टेड ट्यूब अच्छा है और थोड़ा देख लेते हैं इधर की तरफ इसका डिस्क्रिप्शन इसका नेम दिया हुआ है फैशन विंडेस लाइट मॉडल एल एस एस एफ मटेरियल एबीएस प्लस एल एस साइज है एक सौ सत्तर मिलीमीटर और ब्राइटनेस है 66 सिक्स अगर एलेक्स के बारे में नहीं पता है तो अभी आप जाकर गूगल में सर्च कर सकते हैं और वेट दिया हुआ है 162.4 ग्राम इनपुट है 5 बोल्ट और 500 हंड्रेड फिर नीचे लिखा हुआ है रेक्सा टच लाइट यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है और जो अमेजोन चिपकाता है यहाँ पे इसका दिया हुआ है एम आर दे रखा है और मुझे मिला है इसमें से बहुत बहुत ज़्यादा डिस्काउंट तो आप देख सकते हैं अभी जो प्राइस चल रहा है इसका अमेजोन में तो लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आप वहाँ से खरीद सकते हैं इसमें लिखा हुआ है डेस्कटॉप चार्जिंग डेस्कटॉप लग इन सेक्शन मतलब आप इसको डेस्क टॉप साथ जो यू केबल है आप उसे डेस्कटॉप में लगा कर जब डेस्कटॉप में काम कर तब कर सकते हैं आपका जो चार्जर है उसमें से फिट कर सकते हैं क्लिप टाइप चार्जिंग सेक्शन जी हाँ ये क्लिप टाइप चार्जिंग सेक्शन बहुत अच्छा है इसकी जो क्वालिटी है गिरेगा नहीं क्योंकि जो, जो आप देख सकते हैं इसकी जो मूवेबल क्वालिटी है और जो नीचे का पोर्शन है वो कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल ब खूब ज़्यादा ही मॉडिफाइड है तो बहुत ही अच्छा लुक है इसका तो करते इसके अनबॉक्सिंग और देखते इसके अंदर है क्या तो चलिए कि मैं करके दिखाऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग तो चलते इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसको मैं खोल रहा हूं देख सकते हैं आप ये बहुत ही अच्छा है अंदर से देखिए पैकिंग भी अच्छी है लुक अच्छा है अब इसके अंदर का लुक देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं ये देख सकते हैं आप मैंने निकाला है इसकी फ्लैक्सीबिलिटी देखिए आप कैसे मोड़ के रखते हैं इसको देखने से पहले देखते इसके अंदर की और कुछ चीज़ें तो देखते हैं इसके अंदर एक दिया हुआ है कागज़ जिसमें लिखा हुआ है अब इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कैसे कर सकते हैं इसको ऑन ऑफ और भाई इसका बहुत ही अच्छा दिया हुआ है चार्जर के साथ लगा सकता है लिखा हुआ है मेंटेनेंस आप देख लीजिए मेंटेनेंस है एट आवर्स चार्ज करे उसके बाद देख सकते यहाँ पे सब लिखा हुआ है आप पॉज करके देख लीजिए पीछे कुछ नहीं है कम इंस्ट्रक्शन दिया है क्योंकि इसमें कम यूजल है और बहुत ही अच्छा चलता है तो ये रहा इसका ये रहा लैम्प तो मैं बॉक्स को रखता हूँ नीचे और खोलता हूँ लैम्प को इसके अंदर से तो देखते हैं लैम्प के अंदर हमें क्या मिलता है कैसा है भाई मैंने खोल लिया इस लैम्प को देख सकते इसकी बैंड एंड फ्लेक्सीबिलिटी तो भाई बहुत अच्छा लैम पर आप देख सकते हैं इसको कितना मतलब मॉडिफाइड है आप देख सकते हैं इसकी मॉडिफ़िकेशन आप देख सकते हैं भाई और इसके अंदर है एक ऐसा सेंसर लो विदाउट स्विच के आप इसे यूज़ कर सकते हैं पीछे भी है इसको आप अगर ऐसे ऐसे कर दोगे तो ये गिरेगा नहीं आप देख सकते ये उस पर हो जाएगा और नीचे इसके बारे में लिखा हुआ है थोड़ी चीज़ें देख सकते हैं अगर नहीं देख सकते तो कोई कुछ नहीं कर सकते इसके बाद है इसकी लाइट की कैपेसिटी आप देख सकते हैं इसकी है ये लाइट की कैपेसिटी मैंने जो करके देखा है इसकी अब मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको तो देखिए ऑफ सेक्शन में अभी ऑफ सेक्शन में आप देख सकते हैं अब मैं इसका फर्स्ट मोड आपको दिखाऊंगा इसके थ्री सेक्शन मोड है लाइट के तो ये है फर्स्ट मोड आपको दिखाता हूं फर्स्ट मोड ये है फर्स्ट मोड ये है आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट मोड बहुत ही अच्छा है और अब देख सकते हैं ये है इसका फर्स्ट मोड इसके बाद अब देखिए इसका ये सेकेंड मोड आप देख सकते हैं और ये है इसका थर्ड मोड जी हाँ मैंने इसको ब्लैक करके देखा है आपको दिखाया है इसके बारे में आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी इसको चार्जिंग करना पड़ेगा और अब इसकी बताए रीडिंग क्वालिटी तो मैं ले रहा हूँ एक पेपर जी हाँ तो कहीं नहीं जाइए मैं आपको एक पेपर में दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं ये है पेपर इसमें मैंने लाइट को रखा है ऐसे तो आप देख सकते हैं रीडिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है और आप अच्छे से देख सकते हैं आपके आँखों में नहीं लगेगा ज़्यादा रोशनी और ये सब कहीं भी ले जा सकते ऐसे फोल्ड करके या फ्लेक्सीबल ज़रूर है तो अगर इस वीडियो को लगाए आपको अच्छा तो करें इस पर सब्सक्राइब और कर दे वीडियो को शेयर तो चलते हैं आज के लिए अलविदा एक और लेके आएंगे नया वीडियो